मैं परमेश्वर की महिमा के लिए ये गीत गा रही हूँ छू लिया यीशु ने मुझे छू को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें थैंक यू सो मच